भैया प्रमोद नहीं आए हमेशा तो वही आते थे सिलेंडर लेकर के वो थोड़ा उनकी ना खराब है ओ और आप ठीक हो हाँ, मैं ठीक भैया आपके चेहरे से तो आप मतलब परेशान दिख रहे थे इसलिए मैंने पूछा वो थोड़ा सा ना बस मेरी अम्मा की तबियत खराब है अरे आपकी अम्मा की तबियत खराब है और आप यहाँ पर आए आपको तो अपनी अम्मा के पास होना चाहिए अब अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर इलाज के लिए पैसों की जरुरत होती है तो इसीलिए काम तो करना ही पड़ेगा ना अच्छा भैया सिलेंडर का कितना हुआ आठ सौ नहीं, नहीं नहीं नहीं आप आप रख लीजिए अच्छा भैया अम्मा के इलाज के लिए और पैसों की जरूरत है आपको मैं दूँ आपको नहीं नहीं परसों मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो चल जाएगा काम हो जाएगा इलाज आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत भैया एक मिनट में आती हूँ हाँ भैया ये इसमें कुछ खाने का है बताइएगा भैया किसी चीज की जरूरत होगी तो हाँ जी सुनो अम्मा की तबीयत बिगड़ गई है क्या और ने हॉस्पिटल ले जा रहे हैं है या? अम्मा को हॉस्पिटल ले जा रहे हो हाँ। तुम पैसे लेकर आ जाओ पैसे पैसे तो परसों मिलेंगे तो फिर क्या करें नहीं नहीं ले जाओ हॉस्पिटल में मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ हाँ। ठीक है भैया आप परेशान मत हो खा लो पहले फिर चले जाना फेसबुक पर डिजिटल कलाकार के पेज को लाइक करें और फॉलो में जाकर सीफर्स करें ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो